बोगा मैंने मेरे दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका प्यार है क्या एक मस्त हागा आता जाता जो का